चैनल में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ आज मैं आपके सामने वर्क ऑफ कैलकुलेशन में एक टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ जो कि ट्रायंगल है ये मैं अंतर्गत आता है अब हम देखेंगे कि ट्रायंगल में आज यहाँ हमारी लाती है, तो है, हमारी काल, बाकी तो ये लंब हो गई और ये हो गई हमारी आधार हमें इस बात का याद रखना है किसी भी त्रिकुज में सबसे बड़ी ऊर्जा जो होती है वो हमारी क्वेश्चन वन इसमें मान लिया हमें तीन भुजाएं दी गई हैं उन्नीस सेंटीमीटर पांच सेंटीमीटर और छ सेंटीमीटर उन्नीस पांच सेंटीमीटर हमें तीन भुजाएं दी गई हैं और यह पता करना है कि ये कौन सा त्रिभुज है उसका नाम लिखना है तो हमने ये बताया कि सबसे बड़ी पूजा जो है हमारी पढ़ चलाती है तो हमारी का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर मतलब 19 का स्क्वायर इसके अंदर पांच का स्क्वायर प्लस छ का स्क्वायर अब इसके द्वारा देखेंगे कर्ण का स्क्वायर 19 का स्क्वायर करेंगे हमारा कितना आएगा 19 मल्टीप्लाई 19 करेंगे 3, 61, 5, 9, 25, 6, 6, तो हमारा आएगा 361. इस इक्वल तू 5525 प्लस 6 चरण 60. तो 361 इस इक्वल तू 651 हासिल के 3256 61. तुम्हारा क्या वैल्यू एक स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अगर बड़ी होगी तो हमारा क्या फैल अधिक अधिकॉन ये जो है अधिक कौन की पहचान अब हम नेक्स्ट देखेंगे त्रिभुज की पहचान किस तरीके से करेंगे मतलब ये हमारा कौन कौन सी भुजा लेनी पांच तीन चार सेंटीमीटर ये हमें तीन भुजाओं की नाप दी गई है पांच सेंटीमीटर तीन सेंटीमीटर और चार सेंटीमीटर तो हमने ये पहले बता दिया प्लस चार का स्क्वायर तो पचम पच्चीस बराबर तीन के का नौ प्लस चार सोलह पच्चीस बराबर सोलह नौ पच्चीस मतलब ये हमारा ये। तो ये वाला हो गया हमारा समतोड़ अब हम देखेंगे न्यून की क्या पहचान है देखिए सी स्क्वायर ग्रेटर देन ए स्क्वायर लग स्क्वायर अब हम इसका एग्जांपल लेंगे तीन दो सेंटीमीटर आठ सेंटीमीटर हमने ये पहले ही बता दिया है सबसे बड़ी भुजा को हम कर्ण मानेंगे और कर्ण को हम सी से इंडिकेट करेंगे तो हमारा क्या दिया है आठ और शेष दो भुजाएं ए बराबर तीन और बी बराबर दो प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर गा तीन का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर मतलब मतलब कर रहा पहली कंडीशन क्या है ये इसको फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि की अधिक होनी चाहिए मतलब हमारा जो बन गया तो हमारा ये कौन सा हो गया त्रिभुज की आप पहचान आसानी से कर सकते हैं कोई भी आपको नंबर दिए होंगे तीन क्योंकि त्रिभुज तीन मुझाओं से मिलकर बना होता है तो हमें तीन तीन ही नंबर दिए होंगे तो हमें पहचान लेना है कि इन नंबर्स के द्वारा कौन सा इन तीनों में से चबूज है तो आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त हुआ नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे फिर दूंगा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें